एक कमरे में कुछ खरगोश और कबूतर हैं कमरे में 20 सिर और 48 पैर हैं तो बताओ कमरे में कितने कबूतर और कितने खरगोश हैं जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है 16 कबूतर और 4 खरगोश